दोस्तों स्वागत है मेरी चैनल पे आप सबका दोस्तों आज हम सीखेंगे हमें अगर किसी वीडियो का वॉल्यूम रिम्यू करना है यानी चेंज करना है तो बड़े आराम से हम चेंज कर पाएंगे आपकी खुद की भी आवाज़ अंदर डाल सकेंगे या तो कोई सॉन्ग भी डाल सकेंगे कोई भी चीज़ आप इस वीडियो के बैकग्राउंड में डाल सकते हैं मैं आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में आप कैसे वॉइस चेंज कर सकते हो लेस को दोस्त हेलो दोस्तों देखो मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी वीडियो की आवाज़ को उसे रिम्यू कैसे करते हैं और अपनी आवाज़ इसमें कैसे डालते हैं ये मैं डेमो बता रहा हूँ आप कोई भी वीडियो उठा के उसमें उसकी आवाज़ रिम्यू करते हैं करके मैं दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा ध्यान से देखिए पूरी वीडियो देखिए हम यहाँ पर काइन मास्टर का करने वाले हैं ओपन ये काइन मास्टर है हम इसे ओपन करेंगे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा इन मास्टर ठीक है हम इसे ओपन करेंगे ये देखिए दोस्तों ध्यान से देखेगा वीडियो अब भी यहाँ से मैं अभी इसे क्या हम लोग आप पूरा प्रोसेस में आप ध्यान से देखिए पहला हम एक वीडियो ले लेते हैं ये देखिए मैं अभी एक फ़िलहाल म्यूजिक उठा रहा हूँ बस थोड़ा सा मैं पहले इसे चलाऊंगा थोड़ा सा नहीं तो मेरे चैनल पर कॉपी आ जाएगा देखिए अब यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ ठीक है अब यहाँ से मैं इसे चला रहा हूँ फिर मैं अपनी इसकी आवाज़ को रिम्यू करूँगा देखिए अब देखिए आप देखिए थे ठीक है अब हम इसे रिम्यू करेंगे इसे क्या करना है आपको सिंपली इस पर एक बार टैप करना है आपको यहाँ से सारे फंक्शन खुल जाएंगे ठीक है आप इसे कट करना चाहते तो कट भी कर सकते हो इसकी स्पीड बढ़ाना स्पीड भी बढ़ा सकते हो स्लिप भी कर सकते हो ठीक है हम फिलहाल इसे ये जो दिख रहा है ना आपको मैक्सर यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मैं आपको फेस टू फ़ेस दिखाऊंगा धीरे धीरे दिखाऊंगा लेकिन कंप्लीट आपको दिखाऊंगा कि आप आवाज़ कैसे रिम्यू करनी है कोई भी वीडियो उठा सकते हो इसके लिए ये मैं सिर्फ आपको डेमो बताने के लिए आपको बता रहा हूँ ठीक है अब यहाँ से ये जो हंड्रेड दिख रहा है ना ये वॉइस के नीचे हम इसे अब हमारे इसका जो सॉन्ग का जो वॉलीम है वो रिम्यू हो गया है ठीक है अब हम यहाँ बैग चले जाएंगे अब देखिए इसका आवाज़ दोस्तों रिम्यू हो गया देखिए अब देखिए हो गया दोस्तों अब हम इसमें अपनी आवाज़ लगाएंगे ये दोस्तों देखिए हम अपनी आवाज़ कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ देखिए हम ये जो माइप का ऑप्शन है ना ये जी ये जो माइक का ऑप्शन है आप यहाँ से भी रिकॉर्ड कर सकते हो या तो फिर यहाँ ऑडियो पे जाके, कर यहाँ से आप अगर रिकॉर्ड करके रखी होगी तो यहाँ से भी आप लगा सकते हो मैं आपको रिकॉर्ड एक सॉन्ग करके दिखा रहा हूँ जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ये जो है ये मैं अभी गुडे देखिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ एक टेम आप कोई भी लगा सकते हो देखिए दोस्तों देखा आपने मैंने कैसा ही सॉन्ग का जो शायरी का वो म्यूजिक था और रंग तौर पर मैंने दूसरा सॉन्ग डाल के इसमें लगा दिया है तो, आप तो आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा चैनल पे आप कोई भी आपकी भी आवाज़ डाल सकते हो अब मैं अपनी आवाज़ खुद की डालूँगा दोस्तों हाँ दोस्तों मैं अपनी आवाज़ खुद खुद डालूंगा ये देखिए हम इसे अब कैंसिल कर देंगे या हम इसे अब डिलीट कर देंगे ठीक है अब हम अपनी आवाज कैसे डालते हैं मैं आपको बताता हूँ यहाँ जो रिकॉर्ड का ऑप्शन है हम इसे क्लिक करेंगे ये देखिए ये अपनी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ ये अब अगर आप यहाँ से चाहो तो आप आपकी वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हो ठीक है यहाँ से चेंज भी कर सकते हो दोस्तों देखिए अब मैं आवाज़ दिखा रहा हूँ आपको देखिए अब देखिए दोस्तों इसी तरह मैं अपनी आवाज़ जिसमें डाल रहा हूँ ये मैं जो बोल रहा हूँ ये सारा रिकॉर्ड हो जाएगा इसमें और फिर इसके बाद दूसरी नेक्स्ट में वीडियो लाऊंगा कि आप वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी मैं वीडियो लाऊंगा तो देखते रहिए मेरी चैनल मोहम्मद जावेद इसी तरह की मैं लाता रहूँगा वीडियो सब्सक्राइब कर लाइक करिए और शेयर करिए तो दोस्तों देखो अब मैं आपको बताता हूँ मेरी आवाज़ कैसे इसमें सारी में कनेक्ट हो गई है देखिए मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ तो दोस्तों देखो अब अब यहाँ आपको क्या करना है आपको सेव कर लें यहाँ पे बटन पे आप यहाँ पे यहाँ से जो ऑप्शन आता है हम यहाँ पे सेव कर लेंगे ठीक है आप जो भी फुल एच रखे हो या एच रखे हो आप किसी भी रखना चाहते हो वो रख सकते यहाँ सेव एंड सेव एस वीडियो पे क्लिक कर दोगे हमारी वीडियो सेव हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो दोस्तों इसी तरह की मैं वीडियो ले आता रहूँगा तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा दोस्तों क्योंकि लाइक नहीं आ रहा है आपके मैं दूसरी भी वीडियो लाने का मेरे को मोटिवेशन मिले दोस्तों और सबका प्रेम कर नहीं जाएगा। चलो थैंक यू मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों